आका है मेरे मेरे बोबे खुदा सुबह न सुबह आका है मेरे में बोबे खुदा सुबहानल्ला सुबह नल्ला जिसने भी दे खां बोल उठा जिसने भी दे बोल उठा क्या सुबह नल्ला सुबहानल्ला आका मेरे महबूब खुदा शुभहानल्ला शुभहान ल वो समझते हैं सबकी बोली वो भरते हैं सबकी झोली वो समझते हैं सबकी ंगता न कोई भी खाल गया गया मंगता न कोई भी खाल गया शुभहानल ला शुभहान ला आका मेरे महबूब खुदा शुभहानल ला मेरा कराई अल्लाह ने हर चीज दिखाई अल्लाह ने मैराज कराई अल्लाह ने हर चीज दिखाई अल्लाह ने खुद भी रुआ से बेपरिदा खुद भी सैबे पर सुबहानल ला सुबहानल ला आका मेरे महबूबे खुदा सुबहानल ला सुबहान ला में तो कुर आन में है, तो हदीस में भी अल्लाह के आखिर आप न भी उर् इस पर दिल से ईमान है मेरा इस पर दिल से ईमान है मेरा सुबहानल ला सुबहानल्ला आता है मेरे मैं बूब खुदा सुबहानल ला सुबहानल्ला और बो बू बोमल ऊसमान लाली बूबक रोम उषमान लाली और जितने भी हैं अहाब नबी सब तारे हैं ये बी ने कहा सब तारे हैं ये नबी ने कहा सुबह ला सुबहान ला आका मेरे महबूब खुदा सुबह ला सुबहान लॉ मकत फरमाए फरमाए फरमाए अफजल है आल नबी का दादा अफजल है आल नबी का दादा ये लोग कर प्यार से हाका मुर्शिद उसी के हैं वो सु मुर्शिद उसी के हैं वो सुबह नल ला सुबहानल्ला है मेरे महबूब खुदा सुबहानल ला सुबहान जिसने भी हां बोल उठा सुबह नलला सुबह नल्ला